सुकान बगला मुख बना ले हसमत पगली प्यार बि जा हसमत पगली हसमत पगली प्यार बु जा हसमत हाँ पगली प्यार हो जा हसमत हाँ पगली तूड़ी घर घर मिलेगा चमेल खींचेरा हसमत बगले की बाना ले दीवाना मखे मत करोर मुसुका पबनी प्यार बो जा हसमत पगनी हसमत पबनी प्यार बो जा हसमत पबनी हसमत पगनी प्यार बोई जा हसमत पगनी हसमत पगनी प्यार बोई जा सजाया